आपने भोपाल की सड़कों पर युवाओं को स्टंट करते देखा होगा लेकिन लोगों का अटेंशन लेने के लिए दो ऑटो चालकों ने बैटरी से चलने वाले ऑटो से स्टंट किया ऑटो चालकों ने दो पहिए पर गाड़ी को सड़क पर दौड़ाया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है स्टंटवाज युवा लोगों की अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं ऐसा ही कुछ वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें भोपाल के वी रोड पर दो सवारी ऑटो चालक स्टंट करते नजर आए ये ऑटो लाइट वेट बैटरी वाले हैं जिनमें दोनों चालक स्टंट की जुगलबंदी दिखाते हुए ऑटो को एक ओर झुकाते हैं ऑटो को दो पहियों पर चलाया जा रहा है इसी दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन चालक ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है इस स्टंट के दौरान वहां से दूसरे वाहन भी गुजर रहे थे ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता था